दोस्तों वाले हम लोग बनाने वाले है आलो और गोभी में डालने उसके बाद कुकर में डाल दिया नमक और हल्दी डाल के थोड़ा कर सा थोड़ा सा जीरा और सुखी मेहनत प्याज भी डाल दिया हल्दी नमक वगैरह सारी चीज डाल दिए इसमें गोभी में आलू और गोभी भी डॉयल हो गया थोड़ा ज्यादा में करना देख सकते हो, आपको बनने देख सकते हो, है तो सब्जी भी भी हो गया। सब्जी हो हो भी हमारे और और और और सब्जी में को इसको नहीं, गया। गया। देख देख में कोई चावल चावल भी अभी खाने वाले भी है डिनर में उसने के बाद रहेगा इसको और जरूर जरूर